एक बार एक 10 साल के बच्चे का आइसक्रीम मन सामने का फिर उस बच्चे ने अपनी जेबे टटोली शायद उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे तो उसने महिला से दोबारा पूछा कि छोटा कप कितने का आता है तो उस महिला वेटर्स ने जवाब दिया साठ रुपए का कुछ सोचने के बाद उस बच्चे ने कहा ठीक है आप वो छोटा कप मुझे ला के दे दीजिए फिर उसने अपनी आइसक्रीम खाई पैसा पे किया और वहां से चला गया जब महिला वेटर्स प्लेट उठाने आई तो उस प्लेट के नीचे उसे दस रुपये की टिप मिली अब गाइस अगर वो लड़का चाहता तो वो आइसक्रीम कौन भी खा सकता था लेकिन उसने उस वेटर का भी ध्यान रखा नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज गाइज बड़ा वही होता है जिसका दिल बड़ा होता है इसीलिए अपने लिए सोचने से पहले दूसरों का भी ख्याल रखना सीख लीजिए